क्या पढ़े हम लोग पढ़े मान लीजिए ये मेरा खाली है क्या है जो खाली है और लगातार खाली है मान लीजिए दस के जी का है यह दस के जी का है ठीक ये मान लीजिए खाली है भरा हुआ वो खाली है ठीक फिर ये है और आपको 30 के भी चाहिए कितना चाहिए आपको 30 30 के के भी भी का है मान लीजिए तो 30 के भी का तो प्रोसेस है और आपको 30 के भी मेमोरी एलोकेट करना है तो देखिए बचा तो है यहाँ देखिए 10 के जी दस के बी और 10 के जी तो तीनों मिलकर 30 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए क्यों भाई हो जाएंगे हेलो यस सर लेकिन ये कंटीपूर्स में पॉसिबल नहीं है कंटीप में उसको लगातार चाहिए, लगातार स्पेस तभी तभी वो क्या करेगा? तभी वो क्या क्या करेगा? करेगा? जैसे है कोई बहुत मोटा आदमी मोटा आदमी समझ रहे खूब मोटा आदमी है ठीक और बस में बैठ रहा है एक सीट पे नहीं हट रहा है कंडक्टर कर रहा एक सीट आगे है दोनों पे एडजस्ट हो जाए बताइए क्यों क्यों भाई क्यों ये रियल सोल्यूशन है मोटा उसको दो अलग अलग जगह बैठा जा सके उसको क्या चाहिए उसको पास से ये कंटिन्यूस तो जाएगा। जाएगा। हो गया लेकिन एक ये खाली है, ये खाली है तो दो जगह नहीं बैठ सकता है इस तरीके का इसी तरह प्रोसेस है जो कंटिन्यूस है लगातार खाली होगा तो उसी में वो क्या करेगा लोड होगा तो तो तो मतलब यहाँ से इसको लिंक हो देंगे और ये है ही है तो अब ये तीस की तीस के भी काम आ जाएगा तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हमने पढ़ दिया है अब हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं में दो तरह आपका तो आप ये भी कम्प्लीट हो जाए क्योंकि क्यों है आज यही करते हैं आज मेमोरी और इसको कंप्लीट कंप्लीट करते तो हो गया यस सर सर कोरोना ऐसा आया कि फर्स्ट ईयर से हम लोग थर्ड ईयर में पहुंच गए बात सही रहे हैं पूरी दुनिया है ना पूरी दुनिया जो है परेशान है पूरी दुनिया परेशान है।, yes, है समझदार है जो बच्चा क्लास वन बिना yes, पढ़े दिया क्लास टू बिना पढ़े दिया, तो सीधे पढ़ने जाएगा सोचिए उसको क्या है <laughs> तो सर ऑनलाइन का उतना पढ़ाई हो भी नहीं पा रही सही से मतलब बच्चे के लिए तो भाई सर बहुत मुश्किल है उतने बड़े बच्चे के लिए इस बैच में बहुत समझदार हैं। ज्यादातर बच्चे छोटा जिस तो तो तो बच्चा जिसके सामने खेलने की दुनिया पड़ी हुई है दिन दुनिया मतलब नहीं है कोई उनके पास कोई जलन नहीं है कोई नहीं है कोई टेंशन नहीं है वो तो अपने आप में मस्त है कि तो वो उसमें मस्त रहना चाहते है तो ऑनलाइन के लिए बड़ा काम है जो समझदार है वो तो ऑनलाइन को बहुत फोकस नहीं दे रहे छोटे तो बच्चे आप लोग